कल क्रिकेट की भगवान यानी सचिन तेंदुलकर ने सन वन के बारे में जो कुछ भी कहा मैं तुमको बहुत ज़्यादा मिस करूंगा सेन ऐसा एक भी मोमेंट नहीं था जो हम दोनों ने एंजॉय नहीं किया वो क्रिकेट की मैदान पे हो या क्रिकेट की मैदान के बाहर में तुम्हारे दिल में इंडियन के लिए एक स्पेशल जगह था और हम इंडियन के दिलों में भी तुम्हारे लिए एक स्पेशल जगह है ऐसा कुछ कहा सन वन के बारे में क्रिकेट के लेजेंड सचिन तेंदुलकर ने